मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल केदारनाथ के, के पटबंद होने से पहले देव दर्शन के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे मंत्री पटेल ने बद्रीनाथ में श्री बद्री नारायण की पूजा की इसके बाद बाबा केदार के धाम के में जय केदार के, के जयकारे के साथ पूजा अर्चना की उन्होंने नंदी बाबा की विधिवत पूजा के साथ दो में केदारनाथ त्रासदी की रक्षक बनी भीमशिला की भी पूजा अर्चना की पटेल ने भगवान से किसानों के सुख समृद्धि की कामना की है कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ में पूजा अर्चना कर किसानों की समृद्धि की कामना की मंत्री पटेल केदारनाथ कॉरिडोर में स्थापित आदि शंकराचार्य की समाधि पर पहुंचे जहां उन्होंने आदि शंकराचार्य को प्रणाम किया गौरतलब है कि केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है केदारनाथ मंदिर बारह ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ चार धामों में से एक है वही बद्रीनाथ धाम भी देश के चार धामों में से एक गिना जाता है अप्रैल से लेकर नवंबर की सीमित अवधि के लिए यानी कि छह महीने के लिए ही दोनों मंदिरों के पट खुलते हैं बद्रीनाथ मंदिर में बद्री नारायण की पूजा की जाती है तो वहीं केदारनाथ धाम में भगवान सदाशिव पूजे जाते हैं